कृषि मंत्री कमल पटेल ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ का नाम ले रहे हैं और साउंड को लेकर बात कर रहे हैं उससे लगता है राहुल शहजादा है और कमलनाथ गुलाम है कमल पटेल ने कहा राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भरपूर बेजती की है पटेल ने कहा राहुल गांधी में कोई संस्कार नहीं है कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान मीडिया के सामने राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भरपूर बेजती की है कमल पटेल ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी में कोई संस्कार नहीं है राहुल गांधी भूल गए कि कमलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनके पिताजी की उम्र से बड़े हैं साथ ही जिन्होंने आपकी दादी के साथ काम किया है जिस प्रकार आप उनका नाम लेकर सीधे बोल रहे हैं इससे लगता है कि आप शहजादा और कमलनाथ गुलाम हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के इस तरह के बर्ताव से लगता है कि कार्यकर्ताओं को तो छोड़ो नेताओं का यह हाल है और कांग्रेस में इनकी क्या इज्जत है उसके बाद जो देश में बेरोजगारी कमल सम प्लेस है कमल नहीं, no, राहुल गांधी जी है ये बैठे बाजू में। पत्रकार वार्ता ले रहे बीच में कहीं साउंड में गड़बड़ी आई तो कमलनाथ जी को जिस प्रकार उन्होंने बोला है इससे लगता है कि राहुल गांधी में कोई संस्कार नहीं है राहुल गांधी जी ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है केंद्रीय मंत्री है आपके पिताजी से भी ऊपर उम्र में बड़े हैं आपकी दादी के साथ काम किया है और आप उनको जिस प्रकार बोल रहे हैं नाम लेके सीधे इससे ये लगता है कि आप शहजादा हैं और वो आपके गुलाम है कमल पटेल ने कमलनाथ को सलाह देते हुए कहा कि अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत भी स्वाभिमान बचा है तो आपको तत्काल कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए राहुल गांधी के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहिए जिस प्रकार आपकी बेजती की गई इस पर मेरा मानना है कि पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की बेजीती है राहुल गांधी का यह कृत्य असहनीय है जिसकी हम निंदा करते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तो छोड़ो नेताओं के हाल है कांग्रेस में राहुल गांधी के सामने क्या इज्जत है इनकी अगर थोड़ा बहुत स्वाभिमान बचा है कमलनाथ जी तो तत्काल कांग्रेस छोड़ना चाहिए राहुल गांधी के नेतृत्व काम नहीं करना चाहिए जिस प्रकार आपकी बेइज्जती हुई है आपकी नहीं है पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की बेइजती की है केंद्रीय मंत्री की बेजती की है यह ऐसा नहीं है इसकी हम निंदा करते हैं